प्यारे स्वजनों वा सु नमस्कार सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों के ही पुण्य प्रताप से आज जो भी हम भविष्यवाणी करते हैं वो बिल्कुल अच्छर सा, सत्य साबित होती है दूसरा Uh, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडनवीस जी को भी ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं ये शुभकामनाएं हमने बहुत पहले दे दी थी और मनोहर लाल खट्टर जी को भी ढेर सारी बताइया uh, दर्शकों हुआ क्या था हमने दो वीडियो लगभग ये बनवाए थे महाराष्ट्र चुनाव से रिलेटेड और हरियाणा चुनाव से इलेक्शन से रिलेटेड और लगभग जो है हरियाणा चुनाव का जो था ये हमने लगभग चार महीने पहले अपने चैनल पर अपलोड किया था और दूसरा जो था चार या पाँच महीने पहले समथिंग अपलोड किया था दूसरा जो महाराष्ट्र से चुनाव से रिलेटेड था ये भी हमने शायद पाँच अक्टूबर को किया था कि लगभग दो महीने पहले ही हमने इसको डेढ़ से दो महीने पहले अपलोड किया था और दोनों में हमने जो भी की थी चाहे वो महाराष्ट्र के सीएम बनने को लेकर के हो चाहे सीटों की संख्या के हो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और जाकर के उसमें जो पब्लिशिंग डेट होती है वो आप लोग जाकर के एक बार जरूर चेक करिए प्रत्यक्षम कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन फिर भी कलयुग चल रहा है आप लोग जा करके देखिए वहाँ पर कि जो है किस प्रकार से जो हमने भविष्यवाणी की थी आ, मतलब इलेक्शन भी नहीं शुरू हुए थे इलेक्शन से पहले ही हमने कर दी थी आप लोग जा करके वो देखिएगा और तमाम जो राजनीतिक पंडित हैं वो धरे के धरे रह गए थे महाराष्ट्र चुनाव को जो है लेकर के आज इवन आज के न्यूज़ में सुबह हम जब उठे तो समाचार आया कि उद्धव ठाकरे होंगे मुख्यमंत्री और क्या कहते हैं कांग्रेस से और एनसीपी से एक एक होंगे डिप्टी सीएम लेकिन दूसरी तरफ मोबाइल पे यूट्यूब पर ही देख रहे थे कि देवेन फडनडीस ने सीएम पद की शपथ ली तो देखिए दर्शकों ये होता है भाग्य भाग्य इसी को कहते हैं हमने कहा था ना कि उल्का में धान्या ये जो वीडियो क्लिप है महाराष्ट्र चुनाव की आप लोग जो है देख सकते हैं कि हमने क्या क्या कहा था अक्षर एक एक बातें सत्य हुई है आप लोग सुनिए इसको बहुत मुश्किल है लेकिन उल्का में जो धान्या आती है ना ये इनको दे जाएगी मतलब, मतलब यदि हम, हम कहें तो 70 इस बार महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी और जो सीटों की बात है शिवम जी तो लगभग अभी हम कहेंगे तो आप हंसेंगे लगभग एक सौ पांच से एक सौ पंद्रह सीटों के मध्य भाजपा अकेले भाजपा अकेले वाले की अगर गठबंधन की बात नहीं गठबंधन तो दर्शकों तो। आपने देखा कि जो भी हमने बताया था कि बीजेपी को 105 सीट्स मिलेगी देवेन फडनंडीस पुनः सीएम बनेंगे 70 परसेंट उम्मीद है 30 परसेंट इब है और इसी 30 परसेंट के कारण इतना डिले हुआ दर्शकों तो प्रिडिक्शन इसको बोलते हैं और एक बात और बताना चाहेंगे उन जोशियों को भी जो हमको कॉपी करते हैं हमको कॉपी करने का मतलब है कि तमाम यूट्यूब पर या फेसबुक पर ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर तो हैं जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हमारी प्रिडिक्शन की हूबहू नकल उतार देते हैं और थोड़ा बहुत सीटों की संख्या आगे पीछे बढ़ा देते हैं तो ये जो है पहली बात तो नकल कर रहे करने दीजिए जो यूनिक होता है वो यूनिक ही होता है तो ऐसे लोगों से हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है आ, और दर्शकों को बताना चाहेंगे देखिए हरियाणा इलेक्शन में हरियाणा इलेक्शन का भी आप लोग देखिए भविष्यवाड़ियाँ सत्य कैसे होती हैं इस वीडियो में आज हम आपको अपनी सारी भविष्यवाड़ियाँ दिखा रहे हैं आप जाइएगा हमारे चैनल पर पब्लिशिंग डेट भी जो है देखिएगा और अधिक अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए यहां पर सारी लिंक आपको दी गई है तो हरियाणा इलेक्शन में भी हमने कहा था कि मनोहर लाल खट्टर पुनः प्रधानमंत्री बनेगी और हरियाणा में बीजेपी पुनः सत्ता में आएगी और अपने दम पर आएगी हम जो बात कहते हैं हमको अक्षर सा याद रहती है लेकिन इसमें इन्होंने जो है दुष्यंत चौटाला जी की भी मदद ली दर्शकों कुछ बीजेपी के जो रुष्ट जो है जो विधायक थे पहले वो बीजेपी से संपर्क में थे तो हमने सबकी कुंडलियाँ देख करके ही लगभग इस इन चीज़ों की भविष्यवाणी की थी लेकिन बाद में इनको टिकट नहीं मिला तो वो लोग निर्दलीय बने खैर जो भी भविष्यवाणी थी आप लोग देख सकते हैं तो ये सारे सारे बीजेपी को हरियाणा में पुनः सत्ता में लाने के लिए काफी है सारे इशारे बीजेपी के हरियाणा में करेंगे वारे न्यारे बी बिल्कुल बिल्कुल तो शिवम जी लोगों तो से इजाजत ली जाए अपने प्रशन के साथ तो दर्शकों आपने जैसा कि देखा आज के शो में पंडित जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हरियाणा में भाजपा का फिर से चक्का चौवा लगने वाला है और कांग्रेस की कांग्रेस का जो विकेट है कांग्रेस क्लीन बोल्ड हो रही है और वो खुद तो सेल्फ गोल कर ही रही है राष्ट्रीय मुद्दों पे इधर उधर करके और चुनावों को भी वो हारती हुई दिख रही है ख़ासकर अभी हरियाणा चुनाव की बात हो रही थी तो महावीर फोगाट बबीता फोगाट और सपना चौधरी जी ये जो तिकड़ी है लग रहा है ये भाजपा को पार ले जाएंगे मनोहर लाल खट्टर जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तीसरा दर्शकों और... लोकसभा चुनाव 2019, आप सभी लोगों को याद होगा और भारत के विश्व का पहला ऐसा एस्ट्रोलॉजर था पहला ऐसा ज्योतिषी था दर्शकों कि मैंने नरेंद्र मोदी को सबसे पहले जो है उनको बधाई संदेश दिया था अगर आपको यकीन नहीं है तो Uh, क्या कहते हैं जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे वैसे तो हमने जो है दो साल पहले ही बता दिया था कि नरेंद्र मोदी जो है 2019 में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे 2017 या 16 के लास्ट में हमने ये जो है भविष्यवाणी की थी आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए और वो जो वीडियो का लिंक है वो भी हम आपको शेयर कर रहे हैं दूसरा दर्शकों हमने जिन जिन कैंडिडेट्स की प्रिडिक्शन की नाइनटी नाइन उन, उन लोगों की विजय हुई तो आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं बाकी जो है दो जो है चंद्रमा में कुछ केतु का अंतर आएगा तो थोड़ा सा जो है अंदर इनका विरोध ज्यादा होगा होगा पार्टी में होगा, भिपच्छ, पा, पार्टी में इसके अलावा विपक्षी के लोग भी इनके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे लेकिन इन सब चीजों से ये बाहर आ जाएंगे इसके अलावा अगर हम योगिनी दशा की भी बात करें तो 25 एक 2018 से 25 एक दो, एक दो एक तक धान्या लगी तीन वर्षों की तो प्रधानमंत्री ये पुनः बनेंगे बनना इनका तय है और अपनी तरफ से हम अग्रिम बधाई भी दे दे रहे हैं कि 23 मई को पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ये बिल्कुल श्योर है 110 परसेंट श्योर है इसमें कोई इटबट है ही नहीं है गोरखपुर सीट से देखिए रवि किशन जी उनकी भी कुंडली हमने देखी थी तो रवि किशन जी क्लियर बिन हो रहे हैं इसमें कोई इटबट नहीं है लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह जी की भी हॉरोस्कोप हमने चेक की थी और शत्रुघ्न सिन्हा जी की जो वाइफ थी उनको वो हराते हुए दिख रहे हैं तो राजनाथ जी क्लियर जीत रहे हैं लखनऊ सीट से इलाहाबाद सीट से जो है इलाहाबाद सीट भी बीजेपी की निकल रही है वहाँ पर जो है रीता बहुगुड़ा जोशी जी खड़ी हुई हैं उनकी भी हॉरोस्कोप चेक की है वहाँ भी जीतती हुए नरेंद्र मोदी जी, जी जीत रहे हैं अमित शाह जी देखिए जीत रहे हैं उसके बाद दिल्ली से गौतम गंभीर जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की गौतम गंभीर भी क्लियर कट बिनर हैं जीत रहे हैं नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी जी की भी हमने हॉरोस्कोप चेक की थी वो भी जीत रही हैं रविशंकर प्रसाद जी के बारे में हमने बता दिया अब आते हैं देखिए भोपाल सीट दिग्विजय सिंह या साध् प्रज्ञा यहां पर भी लड़ाई बहुत टफ है और जो हमने अभी तक अपने विश्लेषण में पाया है तो यहां पर साध्वी प्रज्ञा क्लियर कट बिनर हो रही हैं दिग्विजय सिंह कहीं भी लड़ाई में नहीं रहेंगे और बेगूसराय सीट का भी कई लोगों ने कमेंट किया था तो बेगूसराय सीट से गिरिराज सिंह जी पुनः जीत रहे कन्हैया कुमार हार रहे दोनों लोगों की हमने और उसको चेक की थी ये दर्शकों देखिये हम चुनाव के पहले भविष्य करके आप सभी लोगों को बता रहे हैं और रविशंकर प्रसाद जी वहाँ से जीत रहे हैं इसके बाद पश्चिम बंगाल के बारे में लोगों ने पूछा है क्या होगा तो पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी की पहले सीटें थी उससे ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी हालांकि ममता बनर्जी के भी प्रभुत्व को वहाँ पर कम नहीं किया जा सकता है कई लोगों ने कहा कि यूपी के गठबंधन के बारे में बताइए तो यूपी में जो रहेगा अखिलेश यादव की उतनी सफलता नहीं मिलेगी लेकिन मायावती जी जो पिछली बार शून्य सीट पर थी इस बार उनको कुछ सीटें डबल डिजिट में हमको आती हुई दिखाई दे रही हैं और पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी का जो जादू है ये थोड़ा बहुत ही रहेगा लेकिन मोदी मैजिक के आगे ममता बनर्जी फीकी पड़ जाएंगी और मोदी जी की सीटें जो है बीजेपी के यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और नितिन गडकरी जी क्लियर जीत रहे हैं तमाम दर्शकों देखिए नागपुर से वो खड़े हुए हैं वो क्लियर कट बिन हो रहे हैं महाराष्ट्र की जो आपने बात पूछी है महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करेंगी यूपी में जो पिछली बार का मैजिक था वो उतना ज़्यादा नहीं चलेगा कुछ सीटें इस बार कम आएंगी जितनी बार पिछली आई थी उससे सीटें कम रहेंगी इस बार लेकिन यूपी में देखिए मायावती की भी कुंडली देखी थी मायावती की कुंडली भी बहुत सशक्त है आजमगढ़ सीट से बहुत लोगों ने पूछा था कि दिनेशलाल यादव निरहुआ और अखिलेश यादव में कौन जीतेगा तो क्लियर कट यहाँ पर अखिलेश यादव जी जीतेंगे दोनों की कुंडली हमने यहाँ पर विश्लेषण किया दर्शकों फिर हमारा एक को जो है दर्शकों ने क्वेश्चन किया था कि राहुल गांधी क्या वायनाड सीट से जीतेंगे तो बिल्कुल राहुल गांधी जी वायनाड सीट से जीत रहे हैं अमे अमेठी सीट के बारे में तमाम चीज़ें आई थी तो स्मृति ईरानी जी की चूंकि एक्चुअल हॉरोस्कोप मिल नहीं पाई थी लेकिन बाद में हमें वो हॉरोस्कोप मिली और राहुल गांधी और स्मृति ईरानी में कौन जीतेगा तो यहाँ पर स्मृति ईरानी जी के जीतने की प्रबल संभावनाएँ हैं वहीं पर रायबरेली से सोनिया गांधी जी क्लियर कट जीत रही हैं कन्नौज सीट के बारे में तमाम लोगों ने पूछा था क्या होगा तो कन्नौज सीट इस बार बहुत नेक टू नेक फाइट है और अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हालांकि यहां से डिंपल यादव जी जो है हमारे हिसाब से जो हमने हमारी गणनाएं हैं डिंपल यादव जी जीती हुई दिखाई पड़ रही हैं तीसरा दर्शकों राम मंदिर को लेकर के जो मैंने प्रिडिक्शन की थी हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाइए दो वर्ष पहले हमने बताया था कि राम मंदिर कब बनेगा कब निर्माण होगा यह भी आप लोग साइड की स्क्रीन पर देख सकते हैं तीसरा दर्शकों उस समय यूट्यूब पर नई नई प्रिया प्रकाश वायरियर आई थी और उसके बाद वो रातों रात हिट हो गई थी तो तमाम लोगों के कमेंट आए कि पंडित जी आप भविष्यवाणी करते हैं थोड़ा सा इनके ऊपर भी प्रकाश डालिए पहला ऐसा जो शीसा जि जिसने जो है प्रिडिक्शन की कि ये बिल्कुल फ्लॉप रहेंगी बिल्कुल नहीं चलेंगी और हुबहू ऐसा हुआ फिर चाहे भूकंप से लेकर के भविष्यवाड़ी हो कमरी टाइम में आप लोग जा के देखते रहिएगा फिर चाहे वो जो है क्या कहते हैं क्रिकेट से लेकर के भविष्यवाड़िया रही हो क्रिकेट का मतलब महेंद्र सिंह धोनी से लेकर के रही हो या क्या कहते हैं इनका जो अभी तलाक हुआ है मोहम्मद शमी की जो है मतलब जीवन से लेकर के रही हो तमाम ऐसी भविष्यवाड़ियाँ थी जो मैंने की है और देखिए हम अपने ऊपर कोई गुरूर या कोई घमंड अहंकार कर ही नहीं रहे हैं ईश्वर हमें इस मोह माया से बचाए लेकिन दर्शकों जो सत्य है वो बताना आपका कर्तव्य है थम्बनील पर हमने शायद जो है कुछ लिखा है भारत के नाश्ते दमन तो नाश्ते दमन का तो हम जो है मतलब एक पैर के तिनके बराबर भी नहीं है इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं लेकिन क्या करें कभी कभी जो है वीडियो जो है ये देखने के लिए जो है जाता है कुछ जो है टाइटल बढ़िया लिखा जाता है इसलिए ये हमने जो है लिखा है तो इसके लिए क्षमा जाते हैं तो कोई गुरूर नहीं कोई अहंकार नहीं लेकिन बस ये आप लोग जो है ध्यान दीजिए कि जो राम ने रचा है वो होगा आपके भाग्य में जो कुछ लिखा गया है वो हो करके रहेगा दुनिया का कोई ज्योति आपका भाग्य नहीं बदल सकता है आप इधर उधर जो बहुत बड़े बड़े जो है टीवी वी मीडिया पर जोत्सी लोग आते हैं टेलीविजन चैनल पर आते हैं फिर चाहे यूट्यूब पर आते हैं फिर चाहे फेसबुक पे आते हैं और तमाम आपके मेहनत का पैसा फालतू में पूजा पाठ के नाम पर ये ढकोसला करते ये लोग जो है चीट करते हैं ऐसे लोगों से आप लोगों को बचाना हमारा दायित्व था हमारे वीडियो बनाने का यही मकसद था और पुनः हमने कहा कि जो है तमाम दर्शक कह रहे थे कि पंडित जी आपने तो कहा था कि देवेंद्र जी पुनः सीएम एम कहाँ बन रहे हैं यहाँ तो तो हमने कहा था आप थोड़ा धैर्य रखिए और हमारी जो प्रिडिक्शन थी हमारी जो गणनाएं थी उसके आधार पर ही हमने बताया था आप लोग देखिए पूरा वीडियो जाइएगा देखिएगा कैसे बने हैं क्या किस प्रकार से हमने विश्लेषण किया आप लोग जा करके देख सकते हैं तो ये चीज़ें दर्शकों थी इसके साथ साथ दर्शकों आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि देखिए इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए और हमारे इस वीडियो को वायरल कीजिए क्योंकि जब व्यक्ति परिश्रम करता है तो उसका उचित पारितोषक चाहता है और ये पारितोषक इस रूप में हम आपसे चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग ज्योतिष के प्रति जागरूक हों देखिए दर्शकों ज्योतिष विद्या गलत नहीं हो सकती है ज्योतिषी गलत हो सकता है ज्योतिषी के मन में लालच आ सकती है ज्योतिषी आपको ठक सकता है लेकिन ज्योतिष विद्या के ऊपर कोई अगर प्रश्न चिन्ह लगाएगा तो वो एक बार हमारे पास आ जाए तमाम हमारे दर्शक हैं जो हमसे बात करते हैं उनको हम जो है जो जो चीज़ें उनके साथ पास्ट में होती है जो प्रेजेंट में होती है उस जिस समय बात कर रहे होते हैं उस समय वो क्या करते हैं ये सब चीज़ उनको बताते हैं और ऐसे तमाम दर्शक हैं कमेंट करेंगे इसमें आप लोग देखिएगा तो आप लोग फिर बता रहे हैं कि पूजा पाठ के नाम पर फालतू का इधर उधर आप लोगों को अपना मेहनत का पैसा नहीं डालना जो गरीब हैं जो असहाय हैं जो विकलांग हैं जो अपने जो है बच्चों की शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते हैं ऐसे लोगों की आप मदद करिए आपके अंदर आप संतुष्टि आएगी दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने किसी नए भविष्यवाणी के जो है एपिसोड में आ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जो है आदर सहित नमन करते हुए आपसे विदा लेते हैं नमस्कार